और आज की इस वीडियो में में हम फिर चुके हैं बहुत ही अलग है पिछला वाला जो था हमारा वो इतना खास नहीं था वो वाला इतना खास नहीं था ये तो हम इस वाले वोटर पार्क में पे ये देखिए क्या तो तो फिर यही करेंगे चलिए बिना किसी के शुरू कर देते एकदम स्पीड में जाने एक लड़े क्या आ रहा है यार तो परेशान अपने हो जा रही है थोड़ा तो, तो तो कर लेते One, go! अमेजिंग <laughs> था। क्या जयपुर कहीं कोई नहीं। इतने इतने छोटे लिटरली हम इतने छोटे पाइप से कैसे जा रहे हैं हेलो? नाइस। है हैं। जब मैंने वीडियो बनाया है ओ भाई तो वाले पे लेट जंगल नहीं बोल रहा है। है कौन? मैं। मैं। मेहनत कर एक वीडियो अंदर से कुछ देखो जयपुर टोकियो दो दो दो दो कितनी स्लाइड है है पानी का I mean. साइड से टू मेन हम लोग गेम में आपको मैं दिखाई देता हूँ ये दिखाई हमारी ब्रांड ब्रांड तो नहीं है तो नहीं है पुरानी तो पुरानी तो तो तो तो तो तो तो जा स्लाइड स्लाइडोकड़ो बड़ा धीरे हाँ मैं तो तो बताना तो भूल ही गया कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी बताऊंगा एग्जाम चल रहे थे तो कूद दिया जल्दी चलना सुबह पन वे नहीं बहुत स्लो स्लो है है है लेकिन इतने मेरी हालत ख़राब ख़राब हो हो जाती है। तो इतनी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भाई इंसान की जाएगी इतना और चढ़ना तो देखो ये तो रॉब्लॉक से इंसान की हालत खराब हो जाएगी चलो भाई घटो तुमने मंगाया लेकिन हम जाएंगे ओ ओ <laughs> भाई का तो गई ना पीछे, ना पीछे। वो बेटे ना और शे, और शे, पानी नहीं। अब देखना में यही सूख जाएगा अब कौन से स्लाइड में जाएगा इस uh -huh. में में right. ये रहा ये निकाल लो ना नहीं बनाया तेरीजर दो बहना को खुद इरेजर निकालना आना चाहिए ये था पूरा पूरा का हमारा एकदम वो एक नहीं खरीदना हाल तू है वो सब हाँ आपको हमारी तरफ से हैप्पी है हो छोटी होली तो कल लेकिन आज क्या है लेकिन कल जाएगी ना खरीदेगी वीडियो तो बन जाएगी और मैंने आपको पता ही दिया कि इतने दिनों तो क्यों नहीं आ पा रही थी वीडियो जाओ नीचे क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे जंगल जाओगी जाओ शेर पकड़ के लाओगी नहीं क्यों ये पागल होती <laughs> गो गो गो गो दे। ए, निकाल देना है मेरे को <laughs> नहीं पता तुम्हारी वही रहता मैं थोड़ी मंडी ऐसी लड़ाई चलती रहती है डोंट तो <laughs> आनिया वैसे ही करती रहती है लड़ाई अमेने मेरा मेरे कुछ पे बिगड़ गए 11 मिनट से दो 11 मिनट से एंड है तो गाइस चलिए आज के वीडियो इतना ही टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय